सीहोर के दो पुलिस वालों पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट करने का आरोप लगा है इस मामले की शिकायत एसपी से की गई है और तो, तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है ग्राम पंचायत श्यामपुरा में एक महिला के साथ दो पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार कर मारपीट की यह घटना उस वक्त हुई जब एक घर में राखी के मौके पर मेहमान आए हुए थे तभी वहाँ सिद्दिकगंज थाने के दो पुलिस वाले पहुंचे और महिला के साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट कर दी इस मारपीट में महिला बुरी तरह घायल हो गयी स्थानीय लोग महिला को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित लोगों ने टीआई से रिपोर्ट लिखने को कहा लेकिन टीआई आई पुलिस वालों को बचाते नजर आए तब पीड़ित पक्ष ने इस मामले की जानकारी एसपी पी को दे दी एसपी ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द इस मामले में कार्रवाई करेंगे अब फिर जवा नाम की था बाहर दो लोग रो, रोड हाँ पकड़ लिया आवाजी लोगों ने दो लोग आके फिर आवाज देने के बाद गला दबा लिया गला दबाने के बाद अर्जुन और शुभमे हाँ नींद में तो एक तो उसको लगा। फिर मेरे को बच्चे आवाज दिया पापा दौड़ पापा दौड़ और पापा को मार रहा पुलिस वाले हूँ अच्छा तो फिर मैं बाहर आया तो हकीकत हुई थे पुलिस वाले फिर हमारे बीवे बच्चे बेन लोग पूरे आए दौड़ के फिर वो मार रहा था फिर हमने झुमा झटकी करी उनको पकड़ी भी फिर एक तो इधर भाग गया फिर एक इधर दौड़ के आया तो मैंने उनको पहचान लिया पहले तो सुबह उनको पकड़ लिया था हाँ। वो उसने चिल्लाया अर्जुन अर्जुन दौड़ के आओ तो फिर एक गाड़ी लेके आया वो अर्जुन तो उनको बिठा के ने भाग